Oh! दाँतों में सड़न भाव आपको चाहिए ये, ये वाला टूथपेस्ट काश मेरी त्वचा भी ऐसी होती तुम्हें चाहिए ये वाला क्रीम टेलीविजन पे धुंधली तस्वीरें तो ले आइए ये, ये वाला टीवी जिसमें है पर्पल रे और मजबूत पिक्चर क्वालिटी कमजोर वाह आपको चाहिए ये वाला सीमेंट इसमें है 32 टू मेगापिक्सल फोर्टी थ्री इस सीमेंट में है कमजोर याददाश्त आपको चाहिए ये वाला चूरन ये वाला